दोस्तों आपके कंप्यूटर लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर कोई भी जिम फाइल है या रार फाइल है या माइक्रोसॉफ्ट की कोई भी ऐसी फाइल है जिसके अंदर आप लोग पासवर्ड लगा के भूल चुके हो तो उनको आप बहुत ही सिंपल तरीके से जिम फाइल और रार फाइल के पासवर्ड को क्रेक कर सकते हो कैसे आपको बताने वाला हूँ सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है अपना क्रोम ब्राउजर खोलना है और आपको गूगल पे सर्च करना है लॉस्ट माई पासवर्ड तो सिंपली आप जैसे फर्स्ट वाली फर्स्ट वाली वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो आपको इस टाइप का कुछ वेबसाइट का पोर्टल है वो ओपन होगा सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे ट्रायल नाउ पे क्लिक करना है जो सिंपली इजी पासवर्ड होते हैं वो सिंपली यहाँ पे आपको तुरंत है वो ओपन करके दे, दे देंगे ये कुछ ऐसा ऑप्शन है उसको आपको टैप करना है उसके बाद आपको यहाँ पर उस फाइल को सेलेक्ट करना है जो जीव फाइल हो या रार फाइल हो जिसके पासवर्ड लगा हुआ है तो सिंपली मेरे डेस्कटॉप पे एक फाइल है जो लोकेड है उसका पासवर्ड मुझे पता नहीं है ये देखिए करेक्ट नाम से तो सिंपली मैं इसको यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और ये कुछ ही समय लेगा कुछ ही समय के बाद में वो आपकी फाइल के पासवर्ड है वो पता कर लेगा तो चलिए थोड़ा सा वेट करते हैं ये देखिए डन हो चुका है आपको सिंपली यहाँ पे दिख रहा है सक्सेसफुल रिकवर और पासवर्ड है वो एक दो तीन चार पाँच पासवर्ड है तो सिंपली पासवर्ड है वो क्रेक हो चुके हैं यदि इनसे टफ पासवर्ड होंगे तब आपको कुछ यहाँ पे पे करना पड़ेगा तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी जीप फाइल हार फाइल के पासवर्ड वो क्रेक कर सकते हो तो आज के लिए इतना ही आप ने ने में रेस्टोरेंट लगा पा रहा है धन्यवाद जय हिंद दोस्तों और आप दोस्तों परिवार को सब्सक्राइब जरूर मिलेगा धन्यवाद जय हिंद